को प्रॉपर काम करने के लिए टाइम चाहिए और टाइम है नहीं मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी उस चैनल पे इतने इतना प्रेशर रहता है ना दो दो ब्रांड वीडियो शूट करने रहती है अभी कम तो नहीं रोज़ का तो एक ब्रांड वीडियो पक्का शूट करना रहता है और दिवाली का जो सरप्राइज़ था वो मैं अभी रिवील कर दूँगा आपके लिए उस वाले चैनल पर मैंने कर दिया दिवाली में अपनी आ रही है बाइक यह सरप्राइज़ तब बाइक आ रही है और अब कौन सी बाइक है वो आप जब ही ब्लॉग आएगा दिवाली में तो आप देख लेना और बुकिंग का ब्लॉग मैं नहीं डाला क्योंकि कल संडे का 16 तारीख का तो फिर मैंने सन्ने को जा कर गाड़ी बुक कर दिया पापा के साथ बहुत डर लगा था पर मैंने बुक कर दिया ये वाला ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है और या फिर इसका छोटा सा पार्ट निकाल के मैं दूसरे वाले ब्लॉग में भी डालूंगा भाई अभी मैं घर पर आया हूँ मतलब काम बस अभी हूँ ऑफिस से घर पर आया और ये अभी जो मैं सुबह बात किया था वो बाद में सुबह कंटिन्यू करूँगा और अभी मैं फ़िलहाल घर में अभी देख लो खीर बना है खाने में और ये पूड़ी है खाना खा के फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं सुबह ही डायरेक्ट मिलूंगा ये ब्लॉग सुबह कंटिन्यू करूंगा तो अभी खाना खाने के बाद सुबह ही आपसे डायरेक्ट मिलेंगे थर्ड है आज मेरा और मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया किसी की रिपोटेशन मत खराब करो जो जैसा कर रहा है उसको उसके पे ही छोड़ दो उसको जो उसने किया है उसका करा धरा उसका करमा उसको मिलेगा तो मैंने वो सब सोच के कि, कि अभी उसको छोड़ ही दिया एकदम से मैंने अभी कैसे अभी उसको मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ उसने मेरे ब्लॉगिंग करने के टाइम पर उसने हंसा तो अभी उसके ऊपर कितने लोग हंसेंगे अगर मैं अगर आपको बता लूँगा ना आप ही नहीं बहुत सारे क्या हुआ वो लड़की है हर कोई लड़की का सपोर्ट करता है तो एक बार ही मुझे लड़कों का सपोर्ट चाहिए लड़की है हर कोई हम जैसे लोग ही उनको सर पे बैठा के रखते हैं उनके पीछे जाते हैं। इस वजह से उनको घमंड रहता है तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम मुझे तो सपोर्ट करो मुझे करो दूसरे को करो हर एक लड़के को करो कि ताकि ये लड़की लोगों का जो ये रहता है ना थिंकिंग की जो है जो हर कोई उनके अंदर वो वाला एटीट्यूड क्यों वा आता है क्योंकि जब लड़के उनके पीछे जाते हैं तभी उनको एटीट्यूड आ जाता है और इस वजह से वो हर एक इंसान के ऊपर हँसते हैं और वो हंसना उनको मालूम पड़ना चाहिए उनको कि वॉइस की पावर कितनी है तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आप जाओ एक बार ही मेरे को सपोर्ट करो फिर उसके बाद मैं हर एक किसी को सपोर्ट करने वाला हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यह वाला ब्लॉग इधर ही खत्म करने वाला हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आई होप आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स चाहिए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो